का गम और नम फिर जमाने का गम क्या करे राह देखे न से रात भर जाग गई पर तेरी तो खबर न मिले बहुत आई गई यादें मगर इस बार I need you. आया नहीं दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से ये दुआ है मेरी रब से ये दुआ है मेरी रब से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 पसंद आए मेरिया सीखी पसंद आए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 जीरा लम्हा लम्हा मर रहा हूं। कैसे खुद को मैं संभालू तू बता के बिन है सुना सोना मेरे दिल का कोना कोना तू क्या जाने कैसे इतने से आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए पसंद आए the मत अपनी पढ़ ली भी लिखा है मुजरिम भी हम बन जाएंगे दिनागर तुम सजा चाहते हो हंसते da uh -huh. मैनू पता के दुनिया नहीं हो सकता पर झूठ क्यारा नहीं हो सकता तू मेनुछ न कोई सवाल चल दूर कि मेरे नाऊ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 मैं किसी और का कहा बिलहार के तेरा हो जाऊ मैं किसी और का कहा बिलहार के तेरा हो जाऊ गलते गलत है जो भी कह रिया जानी पर ए, भी देख तेरे बिल कि मर रहा जानी मर जागे ले मर जाऊँगे संभाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का कहा के तेरा हो जाऊं तो ना मैं नहीं होया दा तू भी किसे होर होर दी मैं भी दा मेरा दिल सवाल तेरी मोहब्बत दा की हाल के तेरा हो जाऊ मैं किसी और कहूरा हो जाऊ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 बारे बताना क्या आता है उनको तुम्हें चुप कराना चाँदी ने रो रो के समंदर भर दिए क्या तुम भी रो रो के नदिया भरते हो एक बात बता दो तो, यादों में मरते हो क्या तुम करते हो रा र मेरी इस गल का कोई जवाब दे देना है। खुद नवाल बार बार करा मैं वे खुद नवाल बार बार करा मैं मैं प्यार करा नू जो प्यार करें मैनू या उदा हो जा प्यार करा मैं योद नाल प्यार करा मैं इतना फर्क मेरी और उनकी मोहब्बत में हम तुमसे डरते थे तुम उनसे डरते हो एक बात बता तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो रा र करना कभी तू मुझे नजरों से दूर किथे किथे किथे तू चली तू दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहू मेरे बिना तू कि चलिए तो कितने चलिए तू किथे कैसे चलिए ओ सावरे बावरे त लम्बे आ लम्बे आरे कटे तिर संग संग आ लम्बे आ लम्बे आरे कटे तेरे संगे आ संग आ चम चम अम्बरा दे तारे कह देने सजना तू तो ही चम मेरे इस दिल का मन लजना सावरे जिया नहीं जाता सुन बवरे तम्बे लम्बे आ रे कटी तेर संगे आ संग आ रेरा तम्बे आ लम्बे आ रे कटी तेर संगे संगे आ संगे करना कभी वश करना पीछे पीछे पीछे चली तेरे चली तेरे चली जान तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहू मेरे बिना तू कि चलिए तू कि चलिए तू किथे कैसे चलिए ओ सावरे रा तम्बे -e, आ लम्बे आ रे कटी तेर संग आ रे खेरा तम्बे आ लम्बे आ रे कटी तेर संग आ रेरा तम्बे आ लंबे आरे कटी तेर संगे आ संगे आ रे खेरा आ लम्बे आरे कटी तेर संगे आ संग आ तेज दिल को जो सताए ऐसी कमी है तू तो। मैं भी न जान ये कि इतना क्यों लाजमी है तू तो। नींद जाके न लौटी कितनी रातें ढल गयी इतने तारे गिने के उंगलियां भी जल गई ओ हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले बता रहे कैसे मैं जीऊ तेरे बिना हो हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले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 हाँ है जो दोबारा दे दे किसी को हम अपनी शामों में हिस्सा फिर किसी को ना दिया इश्क तेरे बिना भी मैंने तुझसे ही किया हम नवा मेरे तू है तो मेरी सासे चले बता दे कैसे मैं जीऊँगा तेरे बिना वो पास लेना दे कि मैं हूँ आसरे तेरे बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना जीऊंगा तेरे बिना सीन में जो धड़कने है तेरे नाम पे चले है कैसे मैं जियो तेरे बिना हरा कसम तेरे ना लेंगे तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना जाए लगे बनाती है जो तू वो याद जाने संग मेरे कब तक चले इन्हीं में तो मेरी सुबह भी डाले शाम डाले मौसम डाले तू जाने तेरे होने से ही आबाद हवा है हवाए हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम उन्हें देती है जो सदाई हवा Thank you just. दिल लगा भी लिया इश्क भी कर लिया चांदनी रात में हमने तारे गिने, दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया चांदनी रात में हमने तारे गिने, ग्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी नींद टूटी तो आया समझिए हमें राह जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है बेवफा तेरा मासूम चेहरा बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है बेवफा तेरा मासूम चेहरा जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बात है तू लेकिन खूबसूरत बात है तू लेकिन, दिल लगाने के काबिल नहीं है बेबा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है कभी इस ओर कभी उस ओर चले जाते हो मोहब्बत हमसे वफा गैरों से ये हुनर कहां से लाते हो करवट बदल लेता हूं मैं आज भी जब मेरे ख्वाबों में तुम चले आते हो जब मेरे ख्वाबों में तुम चले आते हो से तू आज तक ना गया आँख में बारिश माजोद मेरी यादों से तू आज तक ना गया आँख में बारिश तेरी मौजूद है आज भी मैं फिलू तेरे और मेरे नाम पहले की तरह ही मशहूर है मेरी बर्बादियों की वजह में कहते हैं कि तू शामिल नहीं है कत्ल बाजार में हो चुका हूँ कत्ल बाजार में हो चुका हूँ फिर भी तू मेरा कातल नहीं है बेबा तेरा मासूम चेहरा जाने का काबिल नहीं है देव पा तेरा मसूम चेहरा जाने भूलझनेक काबिल नहीं है। कहानी कहानी है है सुनाई सुनाई मुझे मुझे मेरे मेरे लिए लिए तो तो खुदा खुदा भी भी था था मैं मैं बैठा बैठा तुझे तुझे की सारे सारे के संभाले जो तूने दिए थे मुझे अब धड़कता कोई दिल नहीं है जिंदगी वर्ज से मैं चाह जिंदगी भर वर वर्जाहा मर के भी मुझको हासिल नहीं है बेब पाते रमाम चेहरा बेब पाते रमा चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है Ruti hai shabd hai Rabb Rabb dil bhi hai rotha sab kuch hai bikhra bikhra bikhra zara rotha. कौन कहता है है कि बिछड़ने में मोहब्बत की हार है। जो अधूरा रह गया वो भी तो प्यार है। वो भी भी तो तो प्यार प्यार है है जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे रातें सब चिरागों वाली सारे दिन ही ईद थे चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिकर जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे तेरी जुदाइयों में पर से वो भी जिन तो ना दर्द निनको रुलाना पाए तुझे भूलना तो जा लेकिन भूलान पाए तुझ भूलना तो चाहा लेकिन न पाए जितना भूलाना चाहा जितना न चा तुम उतना याद आए तुझे भूलना तो चाहा लेकिन न पाए तुझ भूलना तो चाहा लेकिन भूल ना आंखें सोए सुकून से वो रात आती क्यों नहीं जिस रात तु सोए सुकून से वो रात आती क्यों नहीं पिछले बरस तू से जा चुकी दिल से जाती क्यों नहीं हा क्यों तेरी यादों को अब तक संभाला है तस्वीर तेरी हम तो क्यों जला न पाए तुझे भूलना तो चाह लेकिन न पाए तुझे भूलना तो चाह लेकिन भूल ना पा जितना भूलाना चा मत उतना याद आए मुझे भूलना तो चा कुछ नहीं लगा है दिल में कैसे बैरन हवाएं मैं आगे गए को लू तेली किस से दुआए मैं करूं कोई खुदा है तो मजबूर क्यों है वो बिछड़ा दिलों को वो क्यों मिला नफा तुझे भूलना तो जहा लेकिन भूलाना पा तुझे भूलना तो जा लेकिन भूल न पाया तुझे भूलना तो जा लेकिन भु... दिन भुला दू तेरा प्यार ये तुम ही अब कुछ कहो, कैसे ये ये मुश्किल? मुश्किल? तुम कुछ सुलझाओ झूठ बोल के रख लो ना तुम मेरा ये दिल चाहो थोड़ी देना टूटा ही नहीं है कब से मेरी आशी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए मेरी पसंद आए मेरी आशी पसंद आए